हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल के डब्ल्यू श्याम ग्राफिक में आज का टॉपिक है हमारा वेडिंग इनविटेशन कार्ड इसके इस आप सोचोगे कि ये तो वीडियो में वीडियो एडिटिंग की गई है हाँ ये वीडियो एडिटिंग की गई है लेकिन वीडियो एडिटिंग करने के लिए भी हमें ग्राफिक डिज़ाइनर होना बहुत ज़रूरी है और एक बात और अभी तक जैसे हमने वीडियो बनाई है उसमें रजिस्ट्रेटर का यूज़ किया है इस वीडियो बनाने के लिए हमने कोर ड्रो और फोटोशॉप का यूज़ किया है तो आज हम बताएंगे कि आप बहुत ही आसान तरीके से एक इन्विटेशन कार्ड वो भी वीडियो फॉर्मेट में कैसे बनाएंगे आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है क्योंकि आज आ, के ज़माने में ये वो ट्रेंड में है वीडियो एडिटिंग कार्ड और मेकिंग प्रोसेस हम इसके आने वाली नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि हमने ये कार्ड किस तरीके से बनाया है कॉर और फोटोसॉप को यूज़ करके इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमने कोरर का यूज़ किया है फोटोसॉप का भी बहुत कम यूज़ किया है पूरा यूज़ कोर का करके हमने ये कार्ड बनाया गया है sa